बिहार सरकार ने बाल सहायता योजना शुरू की गई है जिनके माता पिता कोरोना से एक्सपायर कर गए हैं उनके लिए यह योजना शुरू की गई है तो उन्हें प्रति वर्ष सॉरी प्रति माह पंद्रह सौ रुपये दिए जाएंगे यह जो पैसे होंगे यह अठारह वर्ष तक होने तक दिए जाएंगे इसके अलावा बहुत सारी सुविधाएं बिहार सरकार ने दी है तो चलिए इसे विस्तृत से जानते हैं और सबसे पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बेलाइकन जरूर प्रेस कर देंगे ताकि इससे संबंधित जो भी वीडियोज होंगी जो भी लाभकारी बातें होंगी आप तक सीधे पहुंच जाएगी तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं देख सकते हैं सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट कर किया ऐलान माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार ने इसे ऐलान कर दिया है ट्वीट करके कोरोना से अनाथ बच्चों को अठारह साल तक हर माह पंद्रह सौ दिए जाएंगे यानी जिनके माता पिता कोरोना से देत कर गए हैं उनकी उम्र यदि 18 तक पहुंचेगी वहां तक ये पैसा दिया जाएगा यहाँ देख सकते हैं यहां देख सकते हैं आप अनाथ बच्चियों का कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में कराया जाएगा नामांकन यानी जो भी बच्चियां होंगी उनको कस्तूरबा बालिका आवासीय विद्यालय में नामांकित कराया जाएगा अभिभावक नहीं होने पर अनाथ बच्चों की देख बाल गृह में की जाएगी यानी शेल्टर होम में उनको देख के लिए रखा जाएगा माता पिता दोनों एक्सपायर कर गए हैं तो उनको सेल्टर होम में रखा जाएगा और यहाँ देख सकते हैं केंद्र सरकार ने भी कोरोना से अनाथ बच्चों के लिए एक विशेष योजना पीएम एम केयर्स फंड फॉर चिल्ड्रन शुरू की है यानी केंद्र सरकार भी अपने स्तर से बहुत सारे इसमें जो भी अनाथ बच्चों को लाभ देना है वो दे रही है बिहार सरकार ने भी यह ऐलान किया है देख सकते हैं राज्य सरकार ने से राज्य सरकार कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को 18 साल की उम्र होने तक हर महीने पंद्रह सौ देगी साथ ही उनके परवरिश और शिक्षा का भी सरकार प्रबंध करेगी इसके लिए राज्य सरकार ने एक नई बाल सहायता योजना शुरू की गई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को ट्वीट कर इसका ऐलान किया नीतीश ने ट्वीट कर कहा ऐसे बच्चे बच्चियों जिनके माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई है या जिनमें कम से कम एक एक की मृत्यु कोरोना से हुई है उनको बाल सहायता योजना अंतर्गत राज्य सरकार 18 वर्ष होने तक पंद्रह रुपए हर महीने देगी यानी कहने का मतलब बिहार सरकार ने स्पष्ट किया है कि माता या पिता दोनों में से किसी एक की मृत्यु हुई है तभी दिए जाएंगे या दोनों की मृत्यु हो गई है तभी राशि दिए जाएंगे यानी पंद्रह सौ रुपये उनके मिलेंगे उन्होंने कहा जिन अनाथ बच्चे बच्चियों के भावक नहीं है उनकी देखरेख रेख बालगृह में की जाएगी यानी शेल्टर होम में उन्हें देखरेख के लिए रखा जाएगा यहाँ देख सकते हैं ऐसे अनाथ बच बच्च, बच्चियों का कस्तूरबा गांधी बालिकावासीय विद्यालय में प्राथमिकता पर नामांकन भी कराया जाएगा फ़िलहाल राज्य सरकार में ऐसे बच्चों का यहाँ देख सकते हैं ये सभी दिए गए यहाँ पे पटना को छोड़कर सभी जिलों में कोरोना के सौ से कम नए केस आए हैं ये दे रहा है कोरोना अपडेट दी गई तो बहुत बड़ी यह योजना बिहार सरकार के द्वारा शुरू की गई है जिसमें अनाथ बच्चे बच्चियों को ये सुविधाएं दी जाएंगी धन्यवाद